नदी अफवाह तंत्र से आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा सो so गाइज आज की क्लास स्टार्ट करते हैं महानदी अफवाह तंत्र से जो कि सी जी व्यापम और पी एस सी में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपको महानदी अफवाह तंत्र यानी कि छत्तीसगढ़ की नदी अफवाह तंत्र से चार से पाँच नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि व्यापम में पूछा जाता है पीएससी में पूछा जाता है ठीक है जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है साथ ही बेलाइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए बात करते हैं महानदी अफवाह तंत्र की देखिए दोस्तों जो लोग एसआई प्री की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम 6 नवंबर को है ठीक है एसआई प्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम 6 नवंबर को है और हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं साथ ही चाहे आप व्यापम की तैयारी करो या हॉस्टल वर्डाना की ठीक है चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो वहां से आपके छत्तीसगढ़ से आपका 20 से 25 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है देखिए दोस्तों महानदी अफवाह तंत्र के बारे में बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं महानदी अफवाह तंत्र तो आप सभी को मैं दिखाऊँगा देखिए पूरा डिटेल से देखिएगा ठीक है महानदी जो अफवाह तंत्र है ये वाला ठीक है ये एक पाठ है इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको ध्यान से समझिएगा जो खूटा खाड बांध है ये एग्जाम में अभी हाल ही में आया था सीजी जी सी जी पी एग्ज़ाम में आया था खुटाखाड बांध कहाँ स्थित है तो ये आपका बिलासपुर में स्थित है ठीक है बिलास पूर्व में स्थित है खूटाखाट बांध कहाँ स्थित है, है? बिलासपुर में स्थित है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर महानदी के अफवाह तंत्र से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं तो महानदी की सहायक नदी से दो से तीन नंबर एग्ज़ाम में आते हैं ठीक है दो से तीन नंबर एग्जाम में आते हैं इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो एक खुड़िया बांध है ये मिनी माता बांध है ठीक है मिनी माता परियोजना बांध ठीक है देखिए दोस्तों अगर साथ में कॉपी रखें तो नोट कर जाइएगा छत्तीसगढ़ में नदी अफवाह तंत्र को पांच भागों में बांटा गया कितने भागों में बांटा गया पांच भागों में बांटा गया ठीक है छत्तीसगढ़ की जो नदी अफवाह तंत्र है उसको पांच भागों में बांटा गया कौन कौन सा तो पहला आप नोट कीजिएगा ठीक है महानदी ठीक है दूसरा है गोदावरी नदी तीसरा है सोन नदी चौथा है ब्राह्मणी नदी और पाँचवा है नर्मदा नदी सबसे छोटी नदी या अफवाह तंत्र की बात करें तो वो है आपका नर्मदा नदी ठीक है और सबसे बड़ी अफवाह तंत्र महा है महानदी ठीक है महानदी है जो सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है तो उसका प्रतिशत कितना है पता है आप लोगों को छप्पन दशमलव पंद्रह प्रतिशत ठीक है छप्पन दशमलव पंद्रह प्रतिशत है महानदी का और सबसे छोटी नदी है नर्मदा नदी जो कि इसका कितना है पता है जीरो ठीक है जीरो पचपन प्रतिशत और ये बात करें कि गोदावरी नदी यानी कि जो गोदावरी नदी है छत्तीसगढ़ की दूसरा और सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है ठीक है इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं गोदावरी नदी ठीक है ये जो गोदावरी नदी है दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है ठीक है दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, है गोदावरी नदी और दूसरा है ठीक है छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है देखिए सोंडूर है सीकस है माडम सेली दूध ये बिल्कुल एग्जाम में आता ही प्रश्न खर खरा है ठीक है एग्जाम में आता है तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं जो लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर दिएगा वीडियो को लाइक करके चलिएगा ठीक है वीडियो को लाइक कर चलिएगा जो लोग एस की तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए छत्तीसगढ़ में पाँच अफवाह है जो इस प्रकार है ठीक है पहला महानदी अफवाह तंत्र ठीक है नोट कीजिएगा जगह कॉपी रखें तो नोट कीजिए महानदी अफवाह तंत्र 58.48 परसेंट है ठीक है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ का दूसरा और सबसे बड़ा अफवाह तंत्र ये दक्षिण की ओर है ठीक है दक्षिण की ओर स्थित है ठीक है दक्षिण की ओर स्थित है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र अट्ठाईस यानी कि ट्वेंटी सोन नदी यानी कि सोन गंगा अफवाह तंत्र ये तेरह प्रतिशत है कितना है तेरह प्रतिशत ये ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र है तो ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र की बात करें तो वन वन पॉइंट जीरो थ्री परसेंट यानी कि जो है वन पॉइंट जीरो थ्री परसेंट है ब्राह्मणी नदी नर्मदा नदी की बात करें तो जो नर्मदा नदी है जीरो पॉइंट फिफ्टी फाइव प्रतिशत है तो छत्तीसगढ़ में पाँच तरह के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं तो ध्यान से समझिएगा ठीक है चलिए देखते हैं महानदी अफवा पहला देखते हैं तो इसका उद्गम सियाव पर्वत यानी कि धमतरी इसका पूर्व नाम क्या है सुक्तीमती जो कि एग्जाम सी जी पी एस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ठीक है सिहाओ पर्वत यानी कि धमतरी पूर्व नाम सुक्तीमती तो महानदी अफवा का पूर्व नाम पूछा गया था सुक्तीमती आएगा और साथ ही देखिए इसको नोट करते चलेगा जो महानदी अफवा है सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से प्राप्त होता है ये धमतरी से ठीक है कहाँ से धमतरी इसको नोट कीजिएगा सिहावा पर्वत के धमतरी धमतरी जिला में फरसिया नामक स्थान से कौन सा फरसिया नामक स्थान से प्राप्त किया जाता है ठीक है चलिए इसके बाद मुहावना देखते हैं जो का विसर्जन है कटक उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में स्थित है लंबाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो महानदी का स्वातंत्र आठ सौ अंठावन किलोमीटर है किलोमीटर है आठ किलोमीटर है इसको नोट कीजिएगा 8 कुल लंबाई पूछा गया महानदी के कुल लंबाई कितनी है आठ सौ किलोमीटर और इसके बात करें तो तट तो पर स्थित है ना तट पर स्थित जो रजिम शहर है नौ नौ जिलों से होकर गुजरती कितने जिलों से होकर गुजरती नौ जिलों से होकर गुजरती यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाया हूँ ठीक है नौ जिलों से होकर गुजरती है महानदी जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा जल क्षेत्र महानदी के मैदान मध्य छत्तीसगढ़ के विस्तृत में मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तृत है महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत को क्या कहा जाता है, है, है? केशकाल घाटी कहा जाता है एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ठीक है केशकाल घाटी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में तेल नदी प्रवाहित होती है तेल नदी कहाँ प्रभावित देवहोक देवभो कहाँ है गरियाबंद जिला में गरियाबंद जिला में ठीक है देवहोक कहाँ है गरियाबंद ज़िला में छत्तीसगढ़ में तेल नदी प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई की बात करें तो दो किलोमीटर साथ ही कुछ कुछ में और दिया होगा 290 किलोमीटर ठीक है तो अब जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा अगर इस ऑप्शन ये देता है अगर ये ऑप्शन में नहीं देता है तो इसको टिक लगा सकते हैं ठीक है, है। महानदी पर उड़ीसा में हीरा बांध निर्मित है ठीक है फॉल्स पॉइंट है देखिए इसको पॉइंट गिरता है समुद्र में चलिए कॉपी रखें तो इसको नोट करते चलिएगा महानदी के त्रिवेणी संगम के जो कि हाल ही में व्यापक में हुए है प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है ठीक है राजिम देखते हैं तो महानदी सोनधूर और पैरी यानी तीनों ही नदियों का संगम है ठीक है तो तीन ही तीनों नदियों का संगम किसे कहा जाता है तो राजीम को कहा जाता है नोट कीजिएगा कॉपी में इसको जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्लास है ठीक है शिवरी यानी कि जो कि जांजगीर चांपा जिले में है महानदी सिवनाथ नदी जोक नदी ये तीनों ही इसके लिए अब उसके बाद चंद्रपुर की बात करें तो चंद्रपुर में महानदी मांड नदी और लात नदी ठीक है जो चंद्रपुर है कौन कौन सा है महानदी मांड नदी और लात नदी यानी तीनों ही नदियों का संगम है चंद्रपुर ठीक है नोट कर लिए यहाँ तक चलिए अब ये एग्जाम में आया हुआ है देखिए इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत जल विद्युत परियोजना विद्युत परियोजना ठीक है जल विद्युत जो परियोजना है गंगरेल बांध में 10 मेगावाट ठीक है एग्जाम में पूछा गया था कि गंगरेल में गंगरेल बांध में 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है जबकि सीकासार बांध में सात मेगावाट का उत्पादन किया जाता है अब चलिए बात करते हैं सहायक नदी की तो सहायक नदी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वाला एग्जाम में आया हुआ है इसको नोट करते चलिएगा ठीक है जो सहायक नदी है ठीक है तो सहायक नदियां हैं आपका तो ध्यान से समझिएगा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ठीक है उत्तर उत्तर की ओर नदी ठीक है तो महानदी के उत्तर की ओर सहायक नदी कौन कौन सी तो शिवनाथ नदी हसदेव नदी बोराई नदी मांड नदी केलो नदी और इब नदी ठीक है कौन कौन सी नदियां हैं एक बार नोट कीजिएगा थी सिमनाथ नदी, नदी हसदेव नदी बोराई नदी मांड नदी केलो नदी और इब नदी ठीक है इसके बाद दक्षिण की ओर सहायक नदी तो दक्षिण की ओर सहायक नदी कौन कौन सी है सिलियारी नदी सोनधूर नदी पैरी नदी कोडार नदी लात नदी ये कोडार नहीं है ना कोडार वाला ये वाला था सूखा नदी ठीक है और लात नदी इसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक और आएगा दूध नदी ठीक है दूध नदी ठीक है जो दूध नदी है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ये आपका देखिए छत्तीसगढ़ मान लीजिए तो यह ये पश्चिम है आपका ये पूर्व है ठीक है तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है दूध नदी ठीक है तो उत्तर की ओर सहायक नदी कौन कौन सी थे ये आपका उत्तर हो गया है ये आपका दक्षिण हो गया ठीक है तो ये उत्तर की ओर सहायक नदी है सिमनाथ नदी हसदेव नदी बोराई नदी माँ नदी और केलो नदी ठीक है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है? इसके बाद जो दक्षिण की ओर जो मैं सहायक नदी बताया ठीक है दक्षिण की ओर जो सहायक नदी मैंने बताया हूँ उसको ध्यान से समझिएगा ठीक है जो दक्षिण से आती है उसको सहायक नदी कहा जाता है तो दूध नदी है सिल्हारी नदी है सोनधूर पैरी सूखा नदी जोक नदी और लात नदी ठीक है सूखा नदी बीच यहाँ पर छूट गया है यहाँ पर आएगा सूखा नदी ठीक है सूखा नदी इसको नोट करते हुए चलिएगा ठीक है अब देखते हैं दूध नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है जबकि सीता नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है इसको ध्यान से समझिएगा दूध नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है पश्चिम से ये आपका पश्चिम हो गया ये आपको पूर्व हो गया ठीक है तो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर बहती है ठीक है वो आपका हो जाएगा दूध नदी कौन सी नदी है दूध नदी इसके बाद बात करें तो सीता नदी जो सीता नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है इसको सीता नदी कहा जाता है कौन सी नदी कहा जाता है सीता नदी ठीक है बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया अब महानदी की जो सहायक नदी इसको मैं आप सभी को बता दिया हूँ इसको ध्यान से समझिएगा ठीक है एक बार देखिएगा मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा ठीक है यहाँ पर एक बार ध्यान से समझिएगा यहाँ से जो निकलती है ये दूध नदी है ठीक है जो दूध नदी है कहाँ से निकलती है मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है इसको नोट कीजिएगा ये एक पहाड़ी है ठीक है ये एक पहाड़ी है तो ये पहाड़ी का नाम क्या है पता है आपको ये पहाड़ी का नाम आपका मलाज कुंडम पहाड़ी है ये मलाज कुंडम पहाड़ी ठीक है मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलती है दूध नदी और जो पर्वत है यहाँ पर देखिए जो पर्वत है यहाँ से ठीक है जो पर्वत है ये वाला ठीक है एक मिनट यहाँ पर देखिएगा ये वाला ये ठीक है जैसे दिखाई दिए आपको ये आपको दूध नदी यहाँ पर ये पर्वत है यहाँ पर ठीक है मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलती है ठीक है और जो यहाँ पर जो यहाँ से निकलती है यहाँ वाला यहाँ से स्थित ऐसे करके गया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर देखिए एक वो निकलता है सिहावा पर्वत ठीक है ये आपको यहाँ पर एक पर्वत आ जाएगा सिहावा पर्वत ठीक है सिहावा पर्वत सिहाव पर्वत से निकलती है ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ ये माडम सिल्ली है ठीक है माडम सिल्ली है गोदली नदी है तां्दूला है खरखरा है ठीक है गंगरेल वाला ठीक है ये सीकासार बांध है, सीकासार बांध यहाँ पर सात मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है कितना सात मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ चलिए महानदी की सहायक नदी देखते हैं जो महानदी की सहायक नदी एग्जाम में पूछा जाता है जो सिमनाथ नदी है ठीक है सिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ठीक है इसको नोट कीजिएगा महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सिमनाथ नदी है जो सिमनाथ नदी है ठीक है जो सिमनाथ नदी है उत्तर की ओर बहती है ठीक है सॉ उत्तर की ओर बहती है कौन सी में उत्तर की ओर ठीक है तो चलिए उद्गम कहाँ से होता है तो उद्गम आपको पाना बरस की पहाड़ी अम्बाकर चौंक राजनांदगांव से कुल लंबाई की बात करें तो 290 किलोमीटर ठीक है तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो छत्तीसगढ़ एग्जाम में पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी सिवनाथ नदी है जिसके किलोमीटर है प्रवाह की बात करें तो मैं आप सभी को बता दिया हूँ इसको नोट करते हुए चलिएगा संगम की बात करें तो जो संगम है शिविर नारायण में महानदी से होकर बहती है परियोजना ये एग्जाम में आ सकते हैं परियोजना मोगराबाज परियोजना राजनांदगांव ठीक है सीमा की बात करें तो बलौदा बाजार बेमेतरा फिर बलौदा बाजार जांजगीर चांपा फिर यहाँ से बलौदा बाजार मुंगेली ठीक है विशेष इसको नोट कीजिएगा ये वाला एग्जाम में आता ही है विशेष ठीक है विशेष नोट कीजिएगा महानदी की सबसे लम्बी सहायक नदी है कौन सी है शिवनाथ नदी ठीक है शिवनाथ नदी ठीक है इसको नोट कीजिएगा एग्जाम में आता है मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम में आता है शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी दो सौ नब्बे किलोमीटर ठीक है दो सौ नब्बे किलोमीटर महानदी के बाद दूसरा और, और महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ नदी है ठीक है महानदी का छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है महानदी एवं इंद्रावती नदी के मध्य मध्यान के जल विभाजक पर्वत को क्या कहा जाता है केस काल घाटी कहा जाता है ठीक है महानदी महान के जो महानदी एवं इंद्रावती नदी के जो बीच जल विभाजक पर्वत होता है उसको केस काल घाटी कहा जाता है नोट करती हुए चलेगा ठीक है ऐसे एग्जाम में लाया हूँ ऐसे क्वेश्चन आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण लाया हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है ठीक है इसके बाद देखते हैं हसदेव नदी ठीक है जो हसदेव नदी है सोनहत पहाड़ी यानी कि कोरिया जिला माँ ठीक है तो लंबाई की बात करते हैं एक किलोमीटर सहायक नदी कौन कौन सी गंज अरिहान चोरनाई अब तान नदी ठीक है तो महानदी के संगम में है चांपा के केरा शिला में ठीक है और जलप्रपात के बारे तो अमृत धारा जलप्रपात ठीक है एग्जाम में आया है ठीक है पी के एग्जाम में पूछा गया है ठीक है इसके बाद देखिए किनारे बसा कोरबा हसदेव को प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है ये वाला एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था व्यापम के क्वेश्चन में हसदेव को प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है ठीक है छत्तीसगढ़ में प्रदेश की छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी हसदेव नदी ठीक है अब इसके बाद देखिए बुराई बुराई कहाँ है उद्गम कोरबा से, से निकलती है जो रही है कोरबा से निकलती है मांड नदी है तो मांडा नदी इसको ध्यान से समझिएगा एग्जाम में पूछता है एक सौ पचपन किलोमीटर सहायक नदी कुरकुट और कोई जो मांड नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है कोयला के लिए प्रसिद्ध है कोयला ठीक है कोयला के लिए प्रतिशत ठीक है केलो नदी केलो नदी को लुड़ेंग की पहाड़ी कहा जाता है लुड़ेंग यानी कि टमाटर की राजधानी किससे कहा जाता है टमाटर टमाटर की राजधानी ठीक है टमाटर की राजधानी ठीक है टमाटर की जो राजधानी है लूड़ेंग के पहाड़ पर स्थित है ठीक है उड़ीसा में महादेव पाली महादेव पर मिल जाता है ठीक है ईब नदी ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न हीरा कुंड में देखिए जो ईब नदी हीरा कुंड से दस किलोमीटर पहले महानदी पर मिल जाती है यहाँ पर क्या पाए जाते है? सोने के कण पाए जाते है. क्या पाए जाते हैं सोना के कण पाए जाते है. सोना के कर्ण पाए जाते हैं ठीक है मैं आप सभी को इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये पी एसएससी सी में नहीं आता पीएससी और व्यापम के क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं ठीक है तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करें कि आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है सीता नदी ये महानदी की पहली सहायक नदी है ठीक है उसके बाद दूध नदी जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है सिलियारी नदी यानी कि माडम सेली पर बना एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है पीएससी में पूछा गया है ठीक है पीएससी में पूछा गया प्रश्न है तेल नदी ये तो सूखे मौसम में ही पानी बहता रहता है सोंडूर बांध ठीक है उसके बाद पैरूर है जो पैरूर है सीका शैर बांध इसी नदी पर बना है ठीक है इसी नदी पर बना है कोडार है जो वीर परियोजना महासमुंद जिले में स्थित है ठीक है वीर सिंह परियोजना कोडार ये एग्जाम में आता है ये आप पढ़ चुके होंगे जोक नदी जो कि शिवरीनारायण के पास मरकारा में महानदी से मिल जाती है ठीक है इसके बाद है लात नदी लात नदी यानी कि रदन की पहाड़ी महासमुंद में ठीक है चंद्रपुर में महानदी से मिल जाती है इसका आप तंत्र की बात करें तो महासमुंद जांजगीर चांपा है ठीक है महासमुंद और जांजगीर चांपा है ये एग्जाम में नहीं आता इसको ध्यान से समझिएगा ये वाला ये चार्ट आप सभी के लिए इतना मेहनत से बनाए हैं इसको बिल्कुल रट लीजिएगा ठीक है बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया है ये चार्ट आपको मिल जाएगा ठीक है ये चार्ट है आपको मिल जाएगा ये आपको ग्रुप में मिलेगा ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में इसको दे दूंगा मैं ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। सिमनाथ नदी अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव दो सौ नब्बे किलोमीटर अरपा मनियारी खारून जमुनिया तंदुला साहेक नदी जलप्रपात है ठीक है हसदेव है कैमूर की पहाड़ी में कोरिया एक किलोमीटर ये आपका सहायक नदी है जलप्रपात के बारे में हसदेव में अमृत जलप्रपात स्थित है उसके बाद बोराई में कोरबा है मांडनी मैन 155 किलोमीटर है केलू नदी यानी कि दूध है दूध नदी मलाज ये जितने भी ये सब है आप सभी के लिए बनाया गया है ठीक है ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा डेली क्लासेस करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो ठीक है और साथ ही वीडियो को कम से कम डेढ़ सौ लाइक आना चाहिए कितना लाइक आना चाहिए डेढ़ सौ लाइक आना चाहिए ठीक है इस वीडियो पर कम से कम डेढ़ सौ लाइक आना चाहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर करें ठीक है इस वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर करें ताकि अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके और ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर सके ठीक है तो जितना बन सके वीडियो को शेयर